Guys, अब हम देखेंगे कि क्या होता है रोम इसका एग्जांपल दिखा रहा हूँ जितनी भी चीजें हैं मैं खोल के नहीं दिखा रहा ये जितनी भी चीजें हैं रोम में आती है डाउनलोडेड मतलब है आपके डिवाइस के अंदर डाउनलोडेड है <laughs> आपके अंदर डाउनलोडेड नहीं वो गलती से बोल दिया मैंने उसके अलावा अब गाइज रोम का एग्जाम्पल ये है बेसिकली रोम आपका जो आपके साथ आपके साथ हमेशा रहेगा डाटा आप, आपके कंट्रोल में उसे डिलीट करना वो रोम है अब रोम की एग्जाम्पल में आपको दिखाऊं तो आपका जो फाइल एक्सप्लोरर होता है आपको उसमें बेसिकली जाना है सो so वहीज़ ये जितना भी आप अपने जिस पी में जाके देखेंगे तो आपको ये वाला डाटा मिलेगा तो आपके जो कंप्यूटर की स्टोरेज है वो ये है मतलब इतनी आपकी मेरी 475 सेवेंटी फाइव में से टू थ्री फ्री है अब गाइज अगर मैं कोई पैनड्राइव इंसर्ट करता हूँ तो उसकी भी ये बताए तो बेसिकली इतनी स्टोरी मेरी स्टोरी है तो आपने आज हमने समझ लिया क्या है रोम अब गाइज हम देखेंगे क्या होता है रैम तो चलते हैं देखते हैं क्या होता है रैम सो तो गाइस अब हमने समझ लिया क्या होता है रोम अब हम समझेंगे रैम सो गाइज रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब आपको नाम से समझ आ रहा है कोई किसी भी चीज़ का रैंडम एक्सेस दे देती है वो थोड़ी देर के लिए अब गाइज जैसे गूगल ग्रोम है हम गूगल ग्रूम खोलते हैं और हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर खोल रखे हैं अब जैसे मैंने अपने हाथ ये जैसे आप खाना खाते हो तो आप खाते खाते हो वो तो बेसिकली समझ आपका रूम है एंड जिस किस जिस कटोरी में खाते हो वो आपका रैम है मतलब जब आप जब खोलोगे तो रैम यूज होगी मतलब जब आप कोई भी चीज खोलोगे तो रैम का यूजेज होता है एंड गाइज ये जो रैम होती है रैंडम एक्सेज होती है काफ़ी कम होती है मतलब स्टोरेज से तो बहुत कम लाइक uh, like मेरे कंप्यूटर में सिक्सटीन जी है तो वो काफी कम है मतलब ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा ट्वेंटी या थर्टी टाइम्स कम है सो so अब हम देखेंगे एग्जांपल ऑफ रैम सो अब हम देखेंगे गैम पर एग्जाम्पल सपोज करिए मैंने गूगल क्रोम खोला ओके मैंने गूगल क्रोम को लिया अब मैंने अपना स्क्रैच खोल लिया ओके okay? अब मैंने आईडी उसके अलावा जितना भी मैं ये गूगल क्रोम खोला सेटिंग्स तो ये रैम रैम पे चल रहा मतलब है है मतलब जो इनको संभाल रही है मतलब ये रैम के ऊपर चल रहे हैं so, सो आज हमने समझा क्या होता है रैम एंड रोम अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर देना also,